Mmm -hmm. mm -hmm. सामान्य स्थिति आंखें बन हथेली में घर्षण करें गरम गरम हथेली आंखों पर लगाएं आंखों पर टिमटिमा टिमा करके खो कितने प्राणायाम हो बताओ